अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको फोटो में टमाटर आम कीवी और जंगली गोभी दिखाई दे रही है इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए आठ ऑप्शन बी सात ऑप्शन सी पाँच या ऑप्शन डी तीन आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए